ज़ और मौजूद हूँ मिसर में और आपको जो है आज मिसर के एक मशहूर जो होटल है उसके खाने बनाने का अंदाज़ और खाने बनाने का तरीका दिखाएंगे और आप देख सकते हैं रोड पर भी यहाँ पे इस होटल के बाहर लोग मौजूद हैं बैठे हैं खाना खाने के लिए माशाला बहुत ही मशहूर होटल है अलब्रंस नाम है इसका और यहाँ पर आप देखें इस तरफ जो है सलाद तैयार हो रही है कस्टमर्स को पेश करने के लिए ये देखें आप माशाला किस तरह ढेरी लगी हुई है और यहाँ पे जो है माशाल्लाह इसको ख़ास मकबूलियत है इस रेस्टोरेंट को इसका नाम है अल अलप्रिंस और ये आप हमूस देख रहे हैं जो कि एक अरब है और ये जो है बाबा गन्नूज जिसे बोलते हैं ये बर्था बर्था टाइप ही होता है किस्म का बहुत ही लजीज होता है खाना खाने में मतलब ये खाने के साथ ऐसा जिस तरह हमारे यहाँ चटनी इस्तेमाल होती है इस तरह इनके यहाँ ये बाबा गन्नूज और हमोस इस्तेमाल होता है उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है कलेजी बन रही है ऊँट की ये ऊंट की कलेजी है जो आप देख रहे हैं कलेजी बोलते हैं या कलेजा बहरहाल जो भी है कलेजियाँ हैं ये तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह ये हमने ट्राई की थी बहुत ही लजीज़ है माशाल्लाह यहाँ पे मिस्र में मशहूर है मिस्र में पांच छह खाने जो है वो ज़्यादा मशहूरी से शौक़ से खाए जाते हैं जिनमें से एक जो है कलेजी है और उसके अलावा ये जो है एक ये ख़ास मिसर का खाना होता है दो तरफ रोटी होती है और बीच में जो है कीमा टाइप इस तरह जो है अंदर होते हैं लेकिन ये आप देखें आपको कीमा नज़र आया होगा इसको जो है यहाँ पे हवाउशी बोलते हैं इस खाने का नाम जो है हवाउशी और इसी तरह जो है ये जी और ये जो है इस खाने का नाम है सुजुक ये मतलब है कि जो आंते होती है ना उनको खाली करके उनमें कुछ ये कीमा वग़ैरह और गोश्त वगैरह जो है भरा जाता है और वो बाद में यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं बनाया जा रहा है माशाल्लाह और ये भी खाने में जो है बहुत ही लजीज़ है हालाँ कि मैंने पहले 10-12 दिन इसको जो है शक्स देख के ट्राई नहीं किया लेकिन जब बाद में ट्राई किया तो वेरी नाइस बहुत ही पसंद आया हमें और इसी तरह यहाँ पर मलूखिया और उसके अलावा आइए आपको यहाँ पे इस तरफ़ दिखाते हैं ये जो है फ़ुरन के अंदर जो है भिंडी और गोश्त वग़ैरह जो है उसको अंदर पकाया जाता है और यहाँ पे ये जो है आ, आ, पाए हैं पायों का सूप है ये जो आप देख रहे हैं और इसी तरह यहाँ पे पैकिंग हो रही है माशाल्लाह और यहाँ पे जो है आखिर में ये देखिए ये मलूखिया जो है ये भी यहाँ की पसंदीदा जा है जो कि बनाई जा रही है माशाला चलें भाई हम चलते हैं खाना खाने के लिए और आप जो है वीडियो को शेयर करें बहुत शुक्रिया